आज हम आपको बताएंगे कि गाड़ी का कटा हुआ चालान किस प्रकार से आप अपने मोबाइल से भर सकते हैं इसके लिए आपको कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है वहाँ पे आपको लिखना है ई चालान इस पे आने के बाद यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ई चालान की ऑफिशियल वेबसाइट इस पे आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से इसका इंटरफेस नज़र आएगा और इस पर आने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं गेट चालान डिटेल इस पर आपको सबसे पहले अपने चालान का एक प्रिंट देख लेना है कि किस बेसिस पे आपका चालान काटा गया तो यहाँ पे आपको चालान डिटेल इस चालान डिटेल पे आप चालान नंबर डाल करके भी आप अपना जो है चालान इस्टेटस देख सकते हैं या व्हीकल नंबर डालकर या डीएल एल नंबर डालकर तो इसमें से आपके पास जो भी हो वो डाल लीजिए मेरे पास ऑलरेडी चालान नंबर है तो मैं चालान नंबर डाल करके देख सकता हूँ तो चलिए हम चालान नंबर डाल देते हैं और इस प्रकार आपको चालान नंबर यहाँ पर फिल कर देना है और उसके बाद आप देख सकते हैं ये है कैप्चा इस कैप्चे को आपको यहाँ पर फिल कर देना है कैप्चा फिल करने के बाद गेट डिटेल इस गेट डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है तो आप देख सकते हैं ये चालान इस प्रकार से आपको नज़र आ जाएगा तो ये चालान प्रिंट ये चालान प्रिंट आप जो देख रहे हैं इस प्रिंट पर आपको आकर के एक प्रिंट ले लेना है ये देखिए सेव पीडीएफ इस पीडीएफ में आप इसको सेव कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यह किस चीज़ का आपका ये चालान है उस चालान को आप सेव कर लें सेव करने के बाद आप इसका प्रिंट निकाल करके रख सकते हैं या किसी को देना चाहें किसी को भेजना चाहें आप इसको भेज सकते हैं तो चलिए इसके बाद हम इसके बाद हम आपको इस चालान को किस प्रकार से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं तो ये आप देख सकते हैं नीचे पेमेंट पे नाउ तो ये पे नाउ पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद जिन लोगों का भी ये मान लीजिए चालान है तो उसका आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करना है तो चलिए मोबाइल नंबर दर्ज कर देते हैं मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आप देख सकते हैं सेंड ओ इस सेंड ओ पे आपको क्लिक कर देना है उसके बाद आपके डाले हुए नंबर पर एक ओ जाएगा उस ओ को आपको यहाँ पर फिल करना है ओटीपी डालने के बाद आपको यहां पर सबमिट इसको सबमिट कर देना है सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं वेलकम टू राजकोष यूपी डॉट एन डॉट इन इस पर आपको नेक्स्ट प्रोसेस इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद ये इस तरीके की विंडो खुलेगी वहाँ पे आपको यहाँ पे एक पॉपअप दिखेगा इसको आपको क्लोज कर देना है क्लोज करने के बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पर यूज़र नेम डिपॉज़िट नेम और चालान नंबर चालान डेट एड्रेस वगैरह कहाँ का ये पूरा यहाँ पे अपने ही आप फिल हो जाएगा फिल होने के बाद अब ये लास्ट में देख सकते हैं प्रोसेस विथ नेट पेमेंट तो यहाँ पर आपको प्रोसीड कर देना है प्रोसीड करने के बाद आपको ये पेमेंट गेटवे पर रीडायरेक्ट कर देगा वहाँ पर आपको जिसके माध्यम से भी ये पेमेंट करना है आप यहाँ पे चुन सकते हैं जैसे एसबीआई नेट बैंकिंग अदर बैंक नेट बैंकिंग कार्ड पेमेंट में आप स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड अदर बैंक डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड और एक तीसरा ऑप्शन से अदर पेमेंट मोड तो इस पर आप यू पी आई एन तो चलिए हम यू सेलेक्ट करते हैं अब देख सकते इसमें टाइमिंग चल रही है इस टाइमिंग के अंदर आपको पेमेंट कर देना है तो चलिए हम पेमेंट कर देते हैं तो आप देख सकते यहाँ पर वी पी ए, तो यहाँ पे आपको अपना यू नंबर दर्ज कर देना है उसके बाद रिमार्क में आप कुछ भी लिख दें पे वगैरह या आप नाम भी डाल सकते हैं इसके बाद है, कन्फर्म यहाँ पे आपको कन्फर्म कर देना है कन्फर्म करने के बाद इस पर कन्फर्म कर देना है कन्फर्म करने के बाद आप देख सकते हैं ये इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा तो आपको यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना आपके मोबाइल पे एक ओ भेजा जाएगा उस ओ को आपको पेमेंट करना है उस ओ के माध्यम से हैज़ बिन सक्सेसफुल चालान नंबर आपका ये हो गया वीकलर नंबर ये है और ट्रांजेक्शन नंबर ये है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया है तो आपको आप लोग देख चुके हैं कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है उसकी आपको पीडीएफ फ़ाइल अगर डाउनलोड करनी है पेमेंट की तो उसके लिए आपको फिर से बाहर आना है बाहर आने के बाद ई चालान पर आपको क्लिक करना है ई चालान पर क्लिक करने के बाद आपको किट चालान डिटेल इसी पर फिर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फिर अपना चालान नंबर फ़िल कर देना है तो चलिए हम अपना चालान नंबर फ़िल कर देते हैं यहाँ पे आपको फिर से अपना चालान नंबर डालना है और उसके बाद ये जो कैप्चा में कोड दिया है ये कैप्चा कोड यहाँ पे भर देना है उसके बाद गेट डिटेल इस गेट डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद ये देखिए आपका जो है चालान की प्रिंट फिर से आ चुकी है जिस नाम से ये चालान था वो आप देख सकते हैं चालान नंबर डी नंबर ट्रांजेक्सन इसका और ये देख सकते हैं पेमेंट इस्कोर ऑनलाइन है डिपॉजिट स्टेटस तो आपका ये पेमेंट हो चुका है और चालान का प्रिंट ये आप इससे ले सकते हैं प्लस रिसिप्ट आपने जो पेमेंट कर दिया है तो उसकी रिसिप्ट आपको ये हरे कलर के बॉक्स में क्लिक करना है तो आपका जो चालान का प्रिंट है ये प्रिंट आपका सेव हो जाएगा तो ये देखिए दोस्तों ये प्रिंट आ गया है इसको आप सेव कर लीजिए सेव करने के बाद इस प्रिंट को आप जिसको भी देना चाहें आप स्वयं भी रख सकते हैं या किसी दोस्त का फ्रेंड का हो आप उसको दे भी सकते हैं तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें सब्सक्राइब ज़रूर करें धन्यवाद दोस्तों